नमस्कार दोस्तों भाग दौड़ भरे इस संसार में यदि कोई चीज़ हमें शीतलता प्रदान करती है तो वो है महात्मा बुद्ध की कहानियाँ इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ और आप इस कहानी में खो जाए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक समय की बात है एक बेघर भिखारी था वो खाना इकट्ठा करके खाया करता था लेकिन रोज़ उसका खाना चोरी हो जाता था एक दिन उसने एक चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुरा कर ले जाता था उसने उसे कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो मैं तो खुद एक भिखारी हूँ चुराना है तो किसी अमीर का चुराओ उसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा चूहे ने कहा यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे खाना चुरा कर खाऊँ क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल आठ चीजें ही रख सकते हो चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों न हो ये सुनकर भिखारे को सदमा लग जाता है और उसका दिल टूट जाता है भला कौन सी ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा उसने तय किया कि वो अपनी समस्या का समाधान बुद्ध से पूछेगा और वो यात्रा पर निकल जाता है पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है वो सोचता है क्यों ना आज रात यही आरोप गुजार लूँ सुबह होते ही बुध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। वह जाकर गेट खटखटाकर कहता है कि मैं एक यात्री हूं। क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूं? तभी मालिक आकर गेट खोलता है और उसे भीतर बुला लेता है और उसे वहाँ रुकने की इजाज़त दे देता है फिर उस घर का मालिक उसे बैठाकर भोजन कराता है भोजन करते समय मालिक ने उससे पूछा आप कहाँ की यात्रा कर रहे हैं भिखारी ने कहा मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं महात्मा बुद्ध से लेने जा रहा हूँ यह सुनकर उस घर की मालकिन ने कहा कि क्या आप बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ लेंगे भिखारी ने कहा ठीक है आप बताइए क्या सवाल है आपका वो कहती है कि मेरी सोलह साल की एक बेटी है वो बोल नहीं सकती आप उनसे पूछना हम ऐसा क्या करें की वो बोलने लग जाए अगले दिन वह उन्हें आश्रय देने के लिए शुक्रिया अदा करती यात्रा के लिए निकल जाता है कुछ दूर यात्रा करने के बाद आगे जाकर उसे एक पहाड़ों का झुंड मिलता है जिसे उसको पार करना होता है पहाड़ों से गुजरते वक्त उसे वहां एक जादूगर मिलता है वो भिखारी उसे कहता है कि क्या आप मेरी इन पहाड़ों को पार करने में मदद करेंगे जादूगर उसे अपनी छड़ी पर बैठाकर पहाड़ पार करा देता है जादूगर उससे पूछता है की कहाँ जा रहे हो भिखारी कहता है मैं बुद्ध ऐसी मिलने जा रहा हूँ जादूगर कहता है क्या तुम तो मेरे लिए एक सवाल उनसे पूछ सकते हो भिखारी कहता है आप हाँ बताइए आपका क्या सवाल है तब जादूगर कहता है कि मैं पिछले एक हजार साल से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूं मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है तुम बुद्ध से पूछना स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा भिखारी सवाल सुनकर फिर अपनी यात्रा आगे शुरू कर देता है कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिलती है वो उसके लिए रुकावट होती है क्योंकि वो नदी गहरी होती है इसे पार करना उसके लिए मुश्किल था लेकिन सौभाग्य से उसे वहाँ एक कछुआ मिल जाता है वह कछुए से नदी पार कराने के लिए विनती करता है कछुआ उसे नदी पार कराने लगता है नदी पार कराते समय वह भिखारी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो वह कहता है कि मैं बुद्ध के पास कुछ सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ कछुआ कहता है कि मेरा भी एक सवाल है भिखारी कहता है क्या है बताओ कछुआ कहता है की मैं पाँच साल से एक ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूँ मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक तो ड्रैगन बन जाना चाहिए था क्या बीरा ये सवाल तुम पूछ सकते हो क्या तुम पूछ सकते हो मुझे अभी और कितना समय लगेगा भिखारी कहता है ठीक है और उसके बाद नदी पार करके फिर से यात्रा शुरू कर देता है अंत में वह बुद्ध के मठ पहुंचता है और मन ही मन सोचता है कि आज मैं महान बुद्ध से मिल ही लूँगा वो पूरे आनंद और उत्साह ऐसी मठ के अंदर जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है की मैं एक भिखारी हूँ मेरे कुछ सवाल है मैं उनके जवाब लेने हूँ बुद्ध कहते हैं कि ठीक है लेकिन मैं सिर्फ तीन ही सवालों का जवाब दूंगा। पर भिखारी कहता है लेकिन मेरे तो चार सवाल हैं। बुद्ध कुछ उत्तर नहीं देते अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि क्या करे तब वो बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है उसे कितनी तकलीफ हुई होगी फिर वो उस जादूगर के बारे में सोचता है जो हजार साल से स्वर्ग जाने के इंतजार में जी रहा है और फिर वो उस लड़की के बारे में सोचता है कि उसके आगे की पूरी जिंदगी पड़ी है, उसका बोलना कितना जरूरी है बिना बोले कैसे वो अपनी जिंदगी जी पाएगी और वो खुद को देखता है और सोचता है की मैं तो एक भिखारी हूँ मैं तो वापस जा फिर से भीख मांग सकता हूँ मेरा क्या है मेरा तो कुछ भी नहीं बदलेगा लेकिन इनके सवालों का जवाब जरूरी है इनका सब कुछ बदल लगता है। जब उसने दूसरे की समस्या के बारे में सोचा तो उसे खुद की दिक्कतें कम लगने लगी अतः उसने अंत में निर्णय लिया कि वो उन तीन सवालों के जवाब पूछेगा सबसे पहले उसने उस कछुए के बारे में पूछा बुद्ध ने कहा कि वो कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक वो उसे नहीं छोड़ेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन सकता फिर उसने जादूगर के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा कि उसकी छड़ी एक आश्रय की तरह है वह अपनी छड़ी के आश्रय में जी रहा है जो उसके स्वर्ग जाने में बाधा बन रही है उसे वो हमेशा अपने हाथ में रखता है उसे छड़ी को दूर करना होगा तभी वह स्वर्ग जा पाए फिर उस भिखारी ने लड़की के बारे में पूछा बुद्ध ने कहा वो लड़की जरूर बोलेगी जब वो अपने हम सफर ऐसी मिलेगी अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर, उसने महान बुद्ध को प्रणाम किया और खुशी खुशी वहां से विदा हो गया वापस रास्ते में वो कछुए से मिलता है और कहता है कि अपना ढांचा बदलो तुम ड्रैगन बन जाओगे कछुआ अपना ढांचा निकाल देता है उसमे बेस हीरे होते हैं जो गहरे समुद्र के होते हैं वो उसे भिखारी को दे देता है और उसको धन्यवाद करके ड्रैगन कर उड़ जाता है फिर भिखारी उन पहाड़ों के झुंड से होकर गुजरता है वहाँ वो उस जादूगर से दोबारा मिलता है और कहता है कि आपको ये छड़ी छोड़नी होगी तब आप स्वर्ग जा पाओगे यह सुनकर वो जादूगर अपनी छड़ी उस भिखारी को देकर स्वर्ग की तरफ चला जाता है अब भिखारी के पास कछुए का दिया हुआ धन था और जादूगर की शक्तिशाली छड़ी थी जिसमे बैठ वो उस घर को जाता है जहाँ उसने रात गुजारी थी उस भिखारी को देख उस परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं और सोचते है कि अब उन्हें उनका जवाब मिल जाएगा भिखारी कहता है कि आपकी बेटी बोल पाएगी जब उसे उसका हमसफर मिलेगा उसी क्षण उनकी बेटी नीचे आकर कहती है क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था ये सुन उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं वो लड़की की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं वो उस बेघर इंसान की तरफ देखते है ये वही हम था उसके बाद वो दोनों की शादी करा देते हैं जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते अतः इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी करते हैं अच्छा या बुरा वो किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास ही आता है इसलिए बेकार की चिंता छोड़िए और अच्छे काम और अच्छे कर्म करते रहिए जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी ही मन को शांति भीतर से महसूस होने लगेगी तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताए तो मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे